डिंडोरी के कांग्रेसी विधायक का ओमकार मरकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वायरल वीडियो में विधायक मरकाम देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं वीडियो में उन्होंने कहा है कि भाजपा ने नाम के लिए ही आदिवासियों को संवैधानिक पदों पर बिठाया है इन्हें कुछ काम नहीं आता है कांग्रेसी विधायक का विवादित टिप्पणी वाला वीडियो चौबीस फरवरी का बताया जा रहा है वीडियो में ओमकार मरकाम कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा ने नाम के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बनाए हैं इनके राष्ट्रपति और राज्यपाल से कुछ नहीं बनता है विधायक ओमकार मरकाम यही नहीं रुके हैं उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल आदिवासी दिवस के दिन ही वन विभाग ने आदिवासियों पर गोली चला दी थी और भी कई तरह के अत्याचार आदिवासियों पर किए जाते हैं आपको बता दें कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले ओमकार मरकाम खुद विधायक के साथ साथ कांग्रेस में आदिवासी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जब विधायक मरकाम ये सब बोल रहे थे उस समय जिला अस्पताल परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे, थे आदिवासी के बोली चलाए आदिवासी आदिवासी लोगों हारे राजपाल और राष्ट्रपति कुछ नहीं वहीं भाजपा ने भी इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है भाजपा नेता एवं जिला पंचायत सदस्य ज्योति प्रकाश और धुर्वे ने कहा है कि यह कांग्रेस की दूषित मानसिकता है भाजपा के शासन में एक गरीब आदिवासी छोटे स्तर से उठकर आज देश की राष्ट्रपति बनी है कांग्रेस ने कितने आदिवासियों को संवैधानिक पदों पर बिठाया है ओम कर अपने सबके सामने राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं ये कांग्रेस की हताशा दिख रही है कि जो कांग्रेस साठ साल से आदिवासियों के नाम पे वोट लेकर के कभी उनका विकास नहीं किया वो देश की राष्ट्रपति हैं और आदिवासी हैं आपने जिस तरह का विधायक ओंकार मरकाम ने शब्दों का प्रयोग किया है आपको तो आदिवासी होने के नाते डूब मरने वाली स्थिति है आप वो याद करें कि यही कमलनाथ ने भी छब्बीस पिछली बार सबरी महोत्सव में यही डिन्नोरी जिले से सबरी महोत्सव में एक आदिवासी महिला का अपमान किया था तो कुर्सी से उतर गए थे दस दिन कांग्रेस की हताशा इतनी गंदी हो चुकी है कि ओंकार मरकाम भोकलाहट में क्या बोल रहा है उनको खुद पता नहीं है और इसका कहीं न कहीं परिणाम देश की जनता देगी कि आपने खाली आदिवासी को वोट लेकर के कभी विकास में किया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज